हेलो फ्रेंड वेलकम टू माई वन मोर एपिसोड आज के इस एपिसोड में मैं खेलने वाला हूँ माइंड मैंने पिछले एपिसोड में बोला था कि मैं ग्रैनी खेलूंगा लेकिन अभी मैं माइंड खेलने वाला हूँ और ग्रैनी अभी मैं बाद में खेलूंगा तो ये मेरा माइंड क्राफ्ट स्टार्ट हो रहा है बस क्रिएट मतलब जो वर्ल्ड है वो रहा है, हो रहा है लोडिंग हो रहा है इसको लोड होने में बहुत ज्यादा देर लगती है तो मैं बैक टू गेम पर क्लिक कर रहा हूँ और ये मैं आ गया हूँ माइनक्राफ्ट में कि ये जो मेरा गेम है मैं उसमें आ गया हूँ तो इसमें सबसे पहला काम मेरे को करना है कि मैं वुड इकट्ठी करूँगा और पहले सबसे पहले मैं वोट इकट्ठी करूँगा फिर उससे क्राफ्टिंग टेबल बनाऊंगा फिर क्राफ्टिंग टेबल से कुछ हथियार बना को बहुत हैंग हो रहा है ये तो मैं थोड़ी बहुत बूढ़ी इकट्ठी कर रहा हूं अभी, अभी मैं बूढ़ी इकट्ठी करने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि तो इसमें रात बहुत ही ज्यादा जल्दी हो जाती है तो रात होने के बाद जॉम आते हैं और मैं मर जाता हूँ तो वो मेरा बैड ही नहीं बन रहा है पता नहीं क्यों मैं वो इकट्ठी तो कर रहा हूँ लेकिन वो आ नहीं रही है इन्वेंटरी में अभी भी मैंने बहुत सारी बूढ़ इकट्ठी कर ली है लेकिन ये थोड़ा हैंग हो रहा है तो उसकी वजह से अभी इन्वेंटरी में आ नहीं रही है तो मैं इन्वेंटरी में जाके देखता हूँ और अभी मैं स्पर्स ये जो लॉग है इससे मैं थोड़ी सी ये बना लेता हूँ अब ये बनाने के बाद मेरी एक फुट बची है और ये जो स्पोर्ट लॉग्स है इनको मैं अलग अलग करके रख देता हूँ और अब इसको लेके एक यहाँ रखना है एक यहाँ रखना है एक यहाँ रखना है अब मैं एक क्राफ्टिंग टेबल बना देता हूँ जिससे मैं अच्छे से क्राफ्टिंग कर सकूँ तो मैंने ये सारे इससे अभी मैंने एक कराफ्टिंग टेबल बना लिए और ये मेरी अभी थोड़ी सी बुड है इन्वेंट्री से बाहर आ जाता हूँ और अब मैं मेरी क्राफ्टिंग टेबल लेकर इसे क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ प्लेस कर देता हूँ यहाँ अपने इसमें क्राफ्टिंग करूँगा जाके तो अभी मेरे पास कुछ नहीं है अभी मैं इधर जाकर चलो तो इन, अभी मैं थोड़ी सी बुड्स और इकट्ठी करूंगा और थोड़ा सा आगे जाऊंगा मैं एक काम करता हूँ मेरी क्राफ्टिंग तो, तो, तो अभी मैं यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल उठा लेता हूँ और अब आगे जाके थोड़ी सी बुढ़ इकट्ठी कर लेता हूँ और थोड़ी सी बुढ़ जिससे मैं और थोड़े हथियार बना सकू स्टिक बना सकू मेरे पास थोड़ी बहुत वोड इकट्ठी होते जा रही है और थोड़े बहुत टूल्स मिल जाएंगे अभी मेरे को बस वूल इकट्ठी करनी है वो मेरे को आ नहीं रहा है कि मेरे को वूल कैसे इकट्ठी करनी है क्योंकि रात में फिर जॉम्बीज आ जाएंगे जंप नहीं हो रहा है रात में जॉम्बीज आ जाएंगे तो फिर मेरा बेड ही नहीं बन पाएगा मेरे को वूल इकट्ठी करनी है बेड बनाने के लिए तो सबसे पहले मैं शिप को ढूंढूंगा वूल इकट्ठी करनी है तो थोड़ी थोड़ी सी और आगे जाऊंगा, खट्टी कर रहता हूं जिससे मैं अभी और सामान बना सकू तो अभी मेरे को सबसे पहले वूल इकट्ठी करनी है तो मैं थोड़ी सी आगे जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को कहीं पर भी सिर्फ नजर में तो नहीं आ रही है तो मैं सिर्फ ढूंढ लूंगा और मेरे को तो बहुत ही जंगल वाला एरिया मिला है तो मेरे को यहाँ पे मजे नहीं आते हैं खेलने में क्योंकि यहाँ बहुत फिर वो कॉम्प्लीकेटेड हो जाता है बहुत ही तो अभी मैं और पत्थर आगे का हवा में उड़ रहा है तो मैं भी थोड़ी सी और आगे जाता हूँ और एक शिप ढूँढनी है मेरे को शिप जिससे मैं थोड़ा सा वूल इकट्ठा कर सकूँ तो यहाँ पर शिप कहाँ मिलेगी ये थोड़ा हैंग हो रहा है इसलिए थोड़ा धीरे चल रहा है सबसे पहले मैं इन्वेंटरी में जाके थोड़ी स्टिक्स बना लेता हूँ तो मेरे जो वुड है इसको यहाँ रख के ये बना लिया मैंने प्लैक्स थोड़े अब इसको मैं यहाँ रखूंगा नीचे लाके अभी नीचे रखा यहाँ पे अब मैं ये प्लैंक लेके एक यहाँ रखूँगा एक यहाँ रखूँगा नहीं सॉरी एक यहाँ रखूँगा ये वाला उठा लूंगा और ये वाले को यहाँ रखूंगा थोड़ी सी स्टिक्स बन गई है मेरी वो स्टिक्स अभी मैंने बना ली है अब मैं को हथियार कैसे बनाने तो मैं हथियार में मे को इन्वेंट्री में से बाहर निकल कर थोड़ी सी और ये ये मैंने मैंने मैंने इसको इसको रखा थोड़ी सी स्टिक्स स्टिक्स और और बना तो मैंने अभी बना ली है है तो अभी अब मैं ये जो मेरी क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर रहा हूँ मैंने क्राफ्टिंग टेबल को प्लेस कर लिया है और अब मेरे को थोड़ा सा हथियार बनाना है तो मेरे को और अभी मेरे को और क्या क्या करना है तो सबसे पहले मैं हथियार बनाना स्टार्ट करता हूं. तो सबसे पहले मैं वुडन एक्स एक्स मेरे हाँ. मेरे को को लकड़ी लकड़ी काटनी है ना तो काटने के लिए को क्या करना पड़ेगा ये बनाना पड़ेगा एक हथियार तो मैं ये जो अच्छा इसे अभी मैं यहाँ पर रख देता हूँ और अब ने एक तो अभी मैंने ये सब वैसा रख दिया जैसा करना का बोला था उसमें अच्छा मे को ये रखना है तो चलो अभी मैं कई बार भी क्लिक कर देता हूँ रेंडमली ये क्या है चलो सब मैंने हटा दिया अब मैं इससे क्या करूंगा ये बना लेता हूँ पहले और ये बना लेता हूँ थोड़े से और अब ये लेके मैं बनाऊंगा अभी मेरा वो अब मैं ये जो स्टिक है इससे लूंगा और एक एक स्टिक को यहाँ रखूंगा तो मेरा ये वुडन हो बनके तैयार हो गया है तो अब इस हो में मैं अब मैं क्राफ्टिंग टेबल मेरी उठा लेता हूँ यहाँ से और रात होने में देर नहीं लगेगी इसमें तो मैं जल्दी से मेरे को सबसे पहले ना वूल इकट्ठा करना है वूल इकट्ठा करने के बाद मेरे को अभी मेरे को वूल कहीं दिक्कत तो नहीं रही है शिप तो शिप को मे को शिप से मे को वूल इकट्ठा करना है ये इन्वेंटरी गलती से खुल गई थी तो अभी मैंने शिप हूं। शिप ढूंढ रहा और को ढूंढने के बाद मैं मैं मैं उसका बूल निकाल लूंगा। तो अभी मैं थोड़ा सा आगे जाता हूं। मैं पानी पे चल रहा हूं भाई फिलहाल तो ये बहुत ही ज्यादा ट्रीज हैं यहाँ पे मेरे को ट्रीज से बाहर आकर शिप ढूंढनी है शिप शिप यहाँ पे रहती है शिप्स तो मैं अंदर इस इसमें जाता हूँ अच्छा तो ये भी मेरे को शिप दिख गई है और रात होने में भी देर नहीं है रात होने ही वाली है और यहाँ पे शिप थी वो रही मेरे को दिख गई है अभी एक और शिप अरे ये तो घास फूस है शिप थी यहाँ पे अभी एक कहाँ चली गई शिप अभी और रात होनी वाली है बस तो मेरे को जल्दी से बेड बनाना पड़ेगा शिप शिप शिप शिप शिप बोलिए शिप ये क्या है ये शिप है चलो ये क्या कलेक्ट हो गया मेरा ये शिपे हैन है, या? है। शिपे है यार मुर्गी है ये ओ गॉड अभी मेरे को शिप कहीं पे नहीं मिल रही मेरे को तो ये हैन ही लग रहा है ये है नहीं है तो अभी मेरे को जल्दी से शिप और इतनी जल्दी यहाँ पे रात भी हो गई है तो मेरे को जल्दी से अभी शिप ढूंढनी है जॉम आ जाएंगे वो रिएक्शन अच्छा वो तो जॉम भी नहीं वो तो स्केलेटन है वो शिप। स्केलेटन के पास इन शिप दी है तो अभी मैं फिलहाल शिप उड़ लूंगा इस शिप की लाल आंखें हैं कौन सी शिप की आंख लाल होती है मेरे पास लाइफ भी नहीं बची है तो चलो मैंने ले ली अच्छा अभी क्यों नहीं आई भूल? मैंने ले तो लिया फिर भी यहाँ पे भूल आई नहीं है इन्वेंटरी में जाके देखता हूँ मेरे पास वूल ही नहीं मिल रही पता नहीं क्यों मैंने अभी शिप से वूल कलेक्ट कर लिया फिर भी मेरी इन्वेंट्री में भूल नहीं आ रही है थोड़ा सा और आगे जाके मैं शिप ढूंढूंगा बो इस गेम को पॉज करता हूँ कहीं पे भी रैंडम क्लिक कर लेता हूँ अभी मैंने ये गेम पॉज कर लिया है अब मैं एक बार सर्च करता हूँ कि शिप मे को कैसे शिप निकाल लानी है शिप को भूल कलेक्ट करना है मैं एक बार सर्च कर लेता हूं बहुत ही हैंग हो रहा है ये पता नहीं एक बार मैं गूगल पर सर्च कर लेता हूँ कि विच की इज यूज्ड टू कलेक्ट वूल फ्रॉम शिप इन माइनक्राफ्ट। अभी फिलहाल मैंने गेम पॉज करके रखा है तो भी मैंने सर्च कर लिया एक बार बहुत ही धीरे चल रहा है ये पता नहीं क्यों आज माइनक्राफ्ट की वजह से बहुत ही हैंग हो रहा है अब अवडोड़ा हुआ है चालू हम्म शियोर्स शियोर्स क्या है मेरे को एक बार देखना पड़ेगा और मेरी क्राफ्टिंग टेबल जो है वो भी मैं इधर क्राफ्टिंग टेबल कहा प्लेस करू तो मैं ऊपर जाके क्राफ्टिंग टेबल प्लेस करूंगा तो यहाँ मैं क्राफ्टिंग टेबल प्लेस कर देता हूँ और इसने जाके शोर्स तो शॉवल्स हो इधर तो मेरे को शेयर जैसा कुछ भी नहीं मिला क्रॉस बो ये तो नहीं ये तो स्टिक है ये हो है ये क्या है इसमें कहीं लिखा है ना नियर्स तो मैं सर्च करता हूँ अरे एक सेकंड इसमें मैं इमेजेस देख लेता हूँ तो मैं मैं में आ गया हूं। और यहां पर इच, यह वाली जो इमेज है इससे मैं देख लेता हूँ कि ये कौन सा टूल है माइन आयरन ओर अच्छा तो मेरे को आयरन ओर निकालना पड़ेगा क्राफ्टिंग ये कौन सा टूल है तो मैं अगले एपिसोड में इस टूल के बारे में अच्छे से जानकारी निकाल के आपको बताऊंगा तो आज के एपिसोड में बस इतना ही मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में और इस एपिसोड के सब्सक्राइबर का गोल रखता हूँ ट्वेंटी सब्सक्राइबर और लाइक का गोल रखता हूँ फिफ्टी लाइक तो मैं अगली वीडियो में तब तक के लिए मैं ढूंढूँगा की कैसे शेयर करते हैं अगर आपको पता है तो आप ही कमेंट्स में बता देना तो आज की वीडियो में बस इतना ही मैं अगली वीडियो अपलोड कर दूंगा जल्दी तब तक के लिए गुड बाय